स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान की बातें चैनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए सक्सेस होने के लिए कुछ लोगों के द्वारा दी हुई कोटेशन शुरू करते हैं दोस्तों उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें दोस्तों आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं सभी चिड़ियाओं को बरसात में छाव मिल जाती है केवल बाद ही होते मित्रों जो बादलों से ऊपर उठते हैं महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने होते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग तुम्हें अपने तरीके पर जीने के लिए साध लेंगे। केवल वही यात्रा असंभव है जो आपने अभी तक शुरू नहीं करी जब लोग आपको वो कॉपी करने लगी तो समुद्रीना जिंदगी में सक्सेस हो रही है कमाओ, कमाते रहो तब तक कमाते रहो जब तक महंगी चीज सस्ती ने लगने लगेगी जिस व्यक्ति की सपने खत्म उसकी तरक्की भी खत्म हो जाती है यदि प्लान एक काम नहीं कर रहा दोस्त तो कोई बात नहीं में 25 और लेटर्स बचे हैं उन पर भी ट्राई जिस व्यक्ति ने कभी कर गलती नहीं की उसने कोई नया करने की कोशिश ही नहीं की अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे क्यों से मिलने में लग जाती कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत कभी नहीं करता भीड़ होता तो देती है दोस्तों लेकिन पहचान छीन लेती है जिस कार्य को करने में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई समय निश्चित नहीं होता चाहिए कोई भी समय क्यों नहीं अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते दोस्तों तो दोस्तों ये कुछ बेटर थे आपके लिए थी और अब अगर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू